सुना है तुम बहुत बड़े दादा बन गए हो हाँ राना हाँ नहीं कहते राना कहते अरे पाउडर खाके हाथी तो बन जाओगे पर शेर जैसा जिगर जीरो लाओगे कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हो अगर तुम्हारे बातों का जवाब नहीं देता तो ये मत समझना कायर है मैं और बेटा रियल लाइफ में भी पुष्पा की तरह हमको मिटा सके ये जमाने जमाने में दम नहीं हम से जमाना खुद है जमाने से हम नहीं तुझे क्या लगता है तू यहां से जिंदा जाएगा आराम से जाऊंगा तेरे को मैं एड़ा लगता है क्या साथ में बैकअप लाया है जेब में गन है और बॉडी पे कैमरा भी लगाया है और क्या चाहिए